गुड इवनिंग दोस्तों डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है आज हम 22 नवंबर दो के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नासा ने एक सुपरसोनिक अवतरण पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था जिसका इस्तेमाल वह वर्ष 2020 में अपने मंगल ग्रह मिशन के दौरान करेगा नासा के मुख्यालय कहाँ पे है तो हमारे पास ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी फ्रैंकलिन न्यू न्यूयॉर्क क्लिंटन और ग्रीन वेले तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाशिंगटन डीसी एक सही आंसर है आइए नासा के बारे में कुछ और जानते हैं नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसका मुख्यालय जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि वाशिंगटन डी में है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनोटिक्स वर्स स्पेस एरोस्पेस संशोधन के लिए ज़िम्मेदार है नासा का गठन नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 में इसके पूर्वाधिकार संस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनोटिक्स यानी कि एन ए के स्थान पर किया था इस संस्था ने 1 अक्टूबर 1948 से कार्य करना शुरू किया था आइए हाँ दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आज को हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत ने दोनों देशों के बीच चार्टर्ड और अनुसूचित उड़ानों के चालक दल के सदस्यों को वीजा मुक्त प्रवेश दिए जाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तुम्हारे पास ऑप्शन है आर्मेनिया अल्विनिया स्मो रोमानिया और रूस तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है रूस यानी कि रशिया एक सही आंसर है आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन है आईएमडी की विश्व प्रतिभाओं की सूची में भारत की रैंक क्या है तुम्हारे तो पास ऑप्शन है फिफ्टी टू फिफ्टी वन फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर एंड फिफ्टी फाइव तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी फिफ्टी एक सही आंसर है आइए कुछ और जानते हैं इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इज रैंकिंग वाई थ्री नॉट्स to uh, 51 globally in term of ability to attract uh, dwell and retain talent why new zealand topped the list compiled by, by leading global business school imd globally europe countries to uh, dominate the ranking with new zealand denmark wilgenium uh, wing in the most competitive uh, countries like uh, australia फिनलैंड एंड नीदरलैंड नॉर्वे जर्मनी स्वीडन एंड लक्समर्ग एक्सेट्रा मेड अप टू द टॉप ऑफ टेन द एनअल आई एम डी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग कवर्ड द सिक्सटी थ्री कंट्रीज एंड अस एज द मैथड ऑफ कंट्रीज एडोप्टिड दिटेन द टैलेंट द रैकिंग आर वेस्ज्ड ऑन अ कंट्री परफॉर्मिंग इन द थ्री मेन कैटेगरीज जो रैंकिंग है वो मेनली कंट्रीज यानी कि तीन मेन कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी या डिवेलपमेंट होगी या पील एंड दस दिन वॉज रैंक्ड इन देयर इन आ, 63 एंड फोर्टी एंड ट्वेंटी रैंक ऑन दिस टर्म रिस्पेक्टली आइए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है फोर्थ ने किसको दो में संगीत में विश्व को विश्व के सर्वोच्च भुगतान पाने वाली महिला नामांतित किया है तो हमारे पास ऑप्शन है जेनिफर लोपेज सलीन डायनोन बेन्स से एडले और टेलर स्विफ्ट तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर थर्ड बेन्स से एक सही आंसर है आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि किसको एच यानी कि और किशोरों के लिए यूएन एड्स का विशेष राजदूत नियुक्त किया गया था वो तो हमारे पास ऑप्शन है राहत अब्दुल करीम कोरशा अब्दुल करीम रहमान अब्दुल करीम सलीम अब्दुल करीम अब्दुलकरीम अब्दुल करीम तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि अब्दुल करीम एक सही आंसर है आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं भारतीय है मूल की मशहूर दक्षिण अफ्रीकी एड्स अनुसंधानकर्ता प्रोफेसर कोयरशाह अब्दुल्ला करीम को एचआईवी और किशोरों के लिए यूएन एड्स का विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है प्रोफेसर अब्दुल करीम दुनिया की बेहतरीन एड्स अनुसंधानकर्ताओं में से एक हैं और उन्होंने युवाओं खासतौर की किशोरियों में एचआईवी संक्रमण को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो इस संक्रमण से प्रभावित या इस संक्रमण के साथ जी रहे लोगों के अधिकारों की पुर जोर वकालत करती हैं यू एड्स के विशेष राजदूत की एक नई भूमिका में उनका काम मुख्य रूप से किशोरियों और एचआईवी पर केंद्रित होगा आइए दोस्तों आगे देखते हैं आज को हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि, कि किसको बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ की सेलिब्रिटी एडवोकेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन है सुष्मिता सेन ऐश्वर्या राय रानी मुखर्जी कृष्णा कपूर और तृष्णा कर्शन तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है कृष्णा कर्शन एक सही आंसर आइए यूनिसेफ के बारे में कुछ और जानते हैं यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड एक संस्था है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व के जो नष्ट हुए राष्ट्र हैं उनके बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना यूनिसेफ की स्थापना जो है वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा ग्यारह दिसंबर उन्नीस में की गई थी यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और इस संस्था को वर्ष उन्नीस में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है यूनिसेफ को 1989 में इंदिरा गांधी का शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है ये देश ये संस्था जो एक सौ से अधिक देशों में कार्य कर रही है देशों में बच्चों को शिक्षा पोषण व स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देती है यूनिसेफ बच्चों को शिक्षा पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ भी प्रदान करती है यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कार्य करती है आइए हाँ दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा सेवन क्वेश्चन है कि, कि किसको दूरदर्शन न्यूज़ का महानिदेशक नियुक्त किया गया तो हमारे पास ऑप्शन है राम नारायण सूर्यप्रकाश, प्रकाश घनश्याम गोयल ईरा जोशी बीना जैन तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी ईरा जोशी एक सही आंसर है आइए हाँ दोस्तों नेक्स्ट दिखते हैं कि कौन इंटरनेशनल कॉर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आई में पुनः निर्वाचित हुए हैं तुम्हारे पास ऑप्शन है एंटोनिया कोस्टो मैथ्यू रै, रैक्राफ्ट दलवीर भंडारी क्रिस्टोफर ग्रीनवुड और क्रिस यूगो ऑप्शन तो नंबर थर्ड यानी कि दलवीर भंडारी एक सही आंसर है आइए क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारतीय जज दलवीर भंडारी जज नियुक्त किए गए भंडारी को दूसरी बार नियुक्त किया गया जस्टिस दलवीर भंडारी को जनरल असम्बली में एक मत मिले बता दें कि उनको मुकाबले में जो ब्रिटेन के उम्मीदवार थे वो जस्टिस कस्टोफर ग्रीनवुड थे ग्रीनवुड ने अपनी दावेदारी वापस ले ली इस वजह से भंडारी चुन चुन लिए गए थे दलबीर भंडारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं उनका जन्म 1 अक्टूबर 1947 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था दलवीर भंडारी के पिता और दादा राजस्थान बार एसोसिएशन के सदस्य भी रहे हैं जोधपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में वकालत भी की हुई है आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो है पहला भारतीय म्यामार द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी कि आई बी एक्स डैश में उम्रवी संयुक्त परीक्षण नोट में शुरू हुआ था हमारे पास ऑप्शन है मेघालय केरल तमिलनाडु मणिपुर मिजोरम तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मेघालय एक सही आंसर है आइए हाँ दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है भारत में सोलर पार्क परियोजना के लिए साझा बुनियादी ढांचा हेतु हंड्रेड मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए किस बैंक के साथ ऋण uh, समझौते पर हस्ताक्षर किए तो हमारे पास ऑप्शन है आईएमएफ, एम विश्व बैंक ए एनवीडी, बी एन और हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि विश्व बैंक एक सही आंसर है आइए विश्व बैंक के बारे में कुछ और जानते हैं विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो अमेरिका में स्थित वाशिंगटन डी में है विश्व बैंक की पाँच जो मुख्य संस्थाएँ हैं वो हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि आई बी आर डी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि ए डी ए इंटरनेशनल फाइनांस कॉरपोरेशन है यानी कि आई एम एफ मल्टी लिटल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि एम आई जी ए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी कि आई ये जो पांच मुख्य संस्थाएँ वो विश्व बैंक के अंडर ही काम करती हैं इसमें से आईबीआरडी को विश्व बैंक कहा जाता है यानी कि आपकी इंटरनेशनल बैंक फॉर इंकस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है उसको जो है विश्व बैंक कहा जाता है वर्तमान में 180 एटी डे वन जो कंट्रीज़ हैं इस संस्था के सदस्य हैं विश्व बैंक के सदस्य बनने के लिए उसे आईएमएफ एम का सदस्य होना बहुत ही जरूरी होता है शुरुआत में विश्व बैंक बांध निर्माण और राजमार्गों के निर्माण जैसे विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण देता था विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण भी देता है शुरुआत में विश्व बैंक बांध निर्माण और राजमार्ग को जैसी विशिष्ट जो आपकी परियोजनाएं हैं, उनके लिए देता है भारत में उन्होंने पहली बार विश्व बैंक की तरफ से 1948 में 64 फोर अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है वो दिया था ये थे दोस्तों आज के दस क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करो दोस्तों कल हम ट्वेंटी थर्ड के जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो देखेंगे और साथ ही साथ अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन चाहिए होगा या कुछ और भी वीडियो वगैरह अगर आप चाहते हो कि वो बने उस टॉपिक पे तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर उस टॉपिक का नाम लिखिए आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद